जानी जानी मारा पर पतील बना के रूटना दिले गोरी डाल पतील बना के गाल सराबे डना दिले गोरी गाल पर दिल बना के जान जनी मार गौरी वही पर दिल बना के जान जनी मार गौरी वही प दिल बना के जान जनी मार गौरी वही प दिल बना के जवानी वानी बाज कति अदा कहे बन बोले जवानी खुद जवानी खुद टोपी तो के रंगीला कैलू गाल पतील बना के आहजन पतील बना बनाके रूप रंगीला बनाके रूप रंगीला बनाके है सारे में तनी है देह परिया लागे कमरिया पलिस के हो हालिश के लागे के के हो कलच चल लुमारे माछा मच हो जी माछा ही करे ला तो हर तिरची नजरिया भाई करे ला तो हर तिरची नजरिया करे दिल पे असर ऐसे ना जाए रानी तीर दिल पे चला के ना जाए रानी तीर दिल पे चला के रूप रंगीला कैलू गाल पतील बनाके रूप रंगीला कैलू गाल पतील बनाके रखेू तू दे कहे रखे तू दही उ घर अजीत यही से चुता जीतू ग हज जीतू ग आज तू लीला कैलू बूढ़ी बनाके आज तू लीला कैलू बूढ़ी पविल बनाके रूप रंगीला कैलु गाल बना बनाके रूप रंगीला गाल गान बनाके बना के, के गाल गुलाबी चाल लुटना दिले को गाल पदिल बना के जान जनिमार गोरी मुही पदिल बना के जान जन मार गोरी मुही दिल बना के जान जन मार गोरी मुही पदिल जानी जानी मारा मार धोनी पतील बना के जानी जानी मारा गोरी पर जानी जानी बिले गोरी गाल डाल पतील बना के ना दिले गोरी डाल पतील बना के बिल्ल फिल बना जान जनी मार गौरी वो फजिल बना के जान जनी मार गोरी वो फजिल बना के जान जनी मार गोरी वो फजिल बना के मस्त जवानी हज कति अदा मस्त जवानी बा हज कति अदा कहे बना बोले जवानी को रंगीला बनाके जान कैलु गाल पतील बना बनाके रूप रंगीला बनाके रूप रंगीलांगीला बिल्लो रे हिल्लो तोरे रे तोर जहा है चरचारे। डाल देह पर बर्दारे लागे कॉमरिया पालिस के काना पालिस के काना लागे पालिस के हो हालिश के कलच चले लु मारे लाए माचा मच हो जरे तुह तिरछी नजरिया ऐसे ऐसना जाए रानी तीर दिल पे चला के ऐसे न जाए रानी तीर दिल पे चला के रूप रंगीला गाल पतील बना के रूप रंगीला गाल बना के कहे रखे लू तू देना जीतू के के रज जीतू के ग तारा से हम हे जी तारा से हम कै तो बरजी जवनिया गे आज तू लीला कैलू बूढ़ी पविल बना बनाके आज तू लीला कैलू बूढ़ी पवीन बना बनाके रूप रंगीला कैलू गाल फसील बनाके रूप रंगीला कैलू बनाके बना के गाल गुलाबी रे चाले गोरी गाल फसील बना के जान जनिमा रह कोरी वो फजिल बनाके जान जनिमा रोरी कोरी फजील बना बनाके जान जनिमा रोरी कोरी पजिल बना के